हेलो दोस्तों आप भी अगर ट्रेन का टिकट बनाते हैं तो अगर ऑफलाइन बनाते हैं या ऑनलाइन बनाते हैं लेकिन क्या होता है ना कई बार आप जिस ट्रेन का टिकट बनाए हैं जिस डेट को बनाए हैं आप उस डेट को नहीं जाना चाहते हैं अगर कि किसी कारण आपके पास कोई ऐसी कोई भी समस्या हो जाता है तो आप नहीं जाना चाहते हैं वहाँ पर क्योंकि आपको जो टिकट है तो आप क्या करते हैं दूसरे डेट के बनाने के लिए आप उस टिकट को कैंसिल कर देते हैं लेकिन रेलवे ने एक न्यू फीचर लॉन्च किया है जिसके बाद आपको उस टिकट को कैंसिल नहीं करना पड़ेगा और आपका जो कटता है कैंसिल करने का जो पेमेंट कट जाता था 200 या डेढ़ सौ रुपया वो सब सारे नहीं होंगे तो आपको इस थोड़ा सा इस टाइम जो है सो फॉलो करना पड़ेगा उसके बाद आप उस टिकट को कैंसिल नहीं करके भी आप उसी टिकट से आप दूसरे भी डेट में जर्नी कर सकते हैं उस पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा तो सिंपलस आपको सबसे पहले आपने जो टिकट कटाया है ये टिकट ओनली उन्हीं के लिए है जो काउंटर से टिकट कटानी ऑफलाइन टिकट कटाते हैं कि उन्हीं के लिए ये है तो सबसे पहला आप जो अगर ऑनलाइन टिकट आए तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि तो ऑनलाइन जो है वो आई से होता है लेकिन आप इंडियन रेलवे से कि जो काउंटर टिकट होते हैं अगर आप उनसे टिकट कटाए हैं तो आपको यह फायदा आपको मिल सकता है तो सबसे पहला आपको कहना क्या है जो टिकट कटाए हैं टिकट लेकर काउंटर पर आपको जाना है काउंटर पर जाने के बाद आपको वहाँ पर एक अप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा वो अप्लीकेशन आप प्लान पर में है फ्लिक करके आप जिस काउंटर से टिकट कटाते हैं जो रिजर्वेशन काउंटर होता है वहाँ पे अपना समस्या जो है मैं किस कारण नहीं जा रहा हूँ मेरे को डेट चेंज करना है तो कितने तारीख को आपको चेंज करना पड़ेगा लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आप डेट आगे भी कर सकते हैं पीछे भी कर सकते हैं लेकिन आप आगे करेंगे डेट जाने की डेट डेट होता है अगर ट्रेन में जगह होगा सीट खाली होगा तो आपको सीट मिलेगा नहीं तो आपकी बेटिंग हो जाएगी अगर आप पीछे डेट करोगे तो अगर सीट खाली होगा तो ही मिलेगा नहीं तो फिर बेटिंग हो जाएगी ये नहीं कि अभी आपका कन्फर्म सीट है तो आपको बाद में वो कन्फर्म सीट भी देगा तो ऐसा नहीं है कि जिस डेट को आप टिकट बुक कर रहे हैं मतलब किए हैं अगर अगला डेट को आप जाना चाहते हैं तो उस डेट में टिकट कब अलग करने के लिए तो उसमें डेट में आपका सीट खाली होना चाहिए अगर खाली नहीं सीट रहेगा तो आपका टिकट बैटिंग में चलाया जाएगा तो इससे आप एक एप्लीकेशन में अपलिट करने के बाद आप काउंटर पे उसको जमा कर दें टिकट भी जमा करें तो आपका टिकट जो कैंसिल नहीं करेगा लेकिन आपका जो डेट है उसको आगे कर देगा रेलवे की ओर से नील अपडेट यही है तो ये अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक की कीजिए चैनल का सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते